हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त जेएस अगर अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग भी जियो का सिम यूज करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि वन टू डबल नाइन से आप क्या क्या जानकारी ले सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहले अपना डाइलर खोल लीजिए खोलने के बाद वन टू कॉल करना है तो चलिए कॉल करते हैं मेरा सिम टू में है वाला तो टू से करता हूँ अगर आपका सिम वन में है तो वन से कीजिएगा जल्दी कॉल करते हैं थोड़ा कर लीजिए ऑटोमेटिक कॉल कट जाए देखिए हमारे हमारे कॉल कर चुका है मैसेज भी आ चुका है चलिए तो मैसेज को देखते हैं क्या कॉल इसमें दिख रहा है देखिए हमें मैसेज भी दिख रहा है जस्ट नाउ देखिए बैलेंस फोर जियो नंबर आपका नंबर दिख जाएगा आपका कितना प्लान रिचार्ज करवाए कितने प्लान का वह भी दिख जाएगा कितना डाटा बचा है और कितना मिलता है यह भी आपको दिख जाएगा कितना पर डे आपको एस मिलता है वो भी दिख जाएगा और आपका प्लान कब एक्सपायरी होने वाला है वो भी दिख जाएगा देखिए यहाँ बारह सौ निन्यानवे से इतना जानकारी निकलता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाय